कांग्रेस ने कर्नाटक से भाजपा प्रत्याशी मणिकांत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक से भाजपा प्रत्याशी मनिकांत राठौर ने कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे को धमकी दी है इसीलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि कर्नाटक प्रदेश में चिंतापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मणिकांत राठौर ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा उनके परिवार को मारने की धमकी दी है खड़गे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित वरिष्ठ दलित नेता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऐसे में राठौर के इस दुर्व्यवहार से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आहत है। किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष उमेद बोरा ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए मणिकांत राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाए अगर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 आपके में। आप देख रहे हैं दखन न्यूज